हेलो दोस्तों आज का वीडियो में मैं, मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्विंग स्टेटर मशीन कैसे चलाते हैं क्या कैसे ऑपरेटिंग होता है मशीन का क्या क्या यूज होता है मतलब नया ऑपरेटर जो भी आना चाहते हैं उनके लिए है या जो मशीन सीखना चाहते हैं स्विंग स्टेटर चलाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पर पे, पहली बार आए तो नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए हेलो दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग फ्रंट स्ट्रेटर कंक्रीट मशीन सीखना चाहते हैं ठीक है तो आज के वीडियो में बताऊंगा कौन सा बटन से क्या काम होता है कैसे ऑपरेट करते हैं ठीक है तो सबसे पहले बेसवर्ड से चालू करते हैं कौन सा बटन क्या है ठीक है सबसे पहले अपना आ जाता है फॉरवर्ड रिवर्स यहाँ पर देख सकते हैं ये एफ एन आर स्विच है साथ साथ वाइपर भी है ठीक है दो वाइपर है और एफ एन आर आगे पीछे ऐसे करेगा तो आगे जाएगा ऐसे करेगा पीछे जाएगा ठीक है उसके बाद यह अजल्ट स्विच है जो चारों इंडिकेटर चलता है कहीं ड्रेक टाइम हो गया रोड कर तो उसके काम आता है तो दूसरी बात यह गियर वन गियर टू है गियर मतलब अगर साइड पे काम कर रहे हैं तो गियर वन पे रखना है देखिए यहाँ पे लाइट बताएगा यहाँ पर देख सकते हैं एक नंबर लाइट जल रहा है दो नंबर बंद पंजाब जैसे हमारे तो इसके लिए है दूसरा यह इधर है मिक्सिंग इधर अनलोडिंग है ठीक है यह मिक्सिंग अनलोडिंग का है दूसरा यह प्रसर इंजन प्रसर बताता है ये कितना प्रेशर है मैक्सिमम यह यहाँ तक आना चाहिए ठीक है तो उससे तीन बार यहाँ आना चाहिए और जो अभी यहाँ पे है इतना रहना चाहिए अगर इससे डाउन जा रहा है तो कहीं ना कहीं ऑयल लीकेज हो रहा है उसका चेक करना होता है दूसरा है यह फ्यूल लेवल ये जहाँ ये लिखा है यहाँ पर पहुँचते ही आपको फ्यूल भराना है इससे नीचे नहीं आना चाहिए ये जो लाल पट्टी का निशान है देख सकते हैं ठीक है, है। दूसरा ये इन रनिंग आवर मशीन आवर इंजन आवर कितने घंटे चले है मशीन पर दूसरा ये टेम्परेचर है रेडिएटर में जो पानी है उसका टेम्परेचर क्या है इंजन टेम्परेचर बताता है ठीक है दूसरा यहाँ पे स्विच देख रहे हैं ये हाई एंड लो है इधर हाई लो स्विच है ये वाला देख सकते हैं अगर रोड पे आप जाते हैं तो इधर हाई पे चला सकते हैं मैनुअली कहीं पे मतलब चढ़ाई पे चढ़ रहा है तो इस लोक में चढ़ाना होता है दूसरा ये पीछे का एल लाइट है जो कि ये कैबिन के ऊपर है जैसे नाइट में काम करते हैं तो उसके लिए और ये वाइपर का लिए ये देख सकते हैं वाइपर पीछे सॉरी आपको देख नहीं रहा हाँ यह दिख रहे हैं ठीक है दूसरा ये बैटरी इंडिकेशन है ये जब भी मशीन चालू करो ये चला जाना चाहिए अगर नहीं जाता तो वायरिंग में तकलीफ है चेक कर सकते और ये वाला आगे का हेड लाइट का है अगर यहाँ पे देखिए स्विच है ये कॉम्बी हो जाए तो टर्न इंडिकेटर है आगे पीछे मतलब लेफ्ट लाइट का दोनों साइड का है और हाई बीम और लो बीम है साथ ही साथ हॉर्न भी दिया है और यहाँ पे एक पू बटन है इसके तोहर गाजिएगा ठीक है और, और यहाँ नीचे देख सकते हैं आपको तो नीचे की है उस बटन नहीं है ये वी एस है वी पर फोर मशीन में पुष्ट बटन देता है बटन दबाते तो चालू हो जाता है कौन तो चालू करके हम इसके नीचे देख सकते हैं ये ट्यूथ बॉक्स है यहीं पे ही तो देख तो सकते हैं कहीं शॉर्ट सौर, शॉर्ट हुआ है तो और यहाँ देख सकते हैं ये पार्किंग ब्रेक है जब भी मशीन को चालू करें तो ब्रेक ये ब्रेक लगाना चाहिए क्योंकि ये फ्री मशीन है ठीक है और दूसरी बात है आपका ये ये एफ एन आर स्विच आपका फॉरवर्ड रिवर्स में नहीं होना चाहिए मतलब तो तो न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए एन में ठीक है दूसरा तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ये जो स्ट स्टोपर बार है जैसे खींचोगे मशीन बंद हो जाएगा अभी मशीन हमारा चालू है तो बंद नहीं करेंगे ऐसे मतलब खींच के थोड़ा ऐसे घुमा दोगे तो लॉक हो जाता है ऊपर ही तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए चालू करते समय खींचा होना नहीं होना चाहिए दूसरा एस्लेटर है यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है इधर खींचोगे तो प्लस मतलब आर पी जाएगा इधर लो आर है ठीक है ये नेशनल लेटर में जब पानी वानी भरते हैं कि मशीन कहीं खाली करना हो तो उसके लिए काम आता है पानी भरने का यह मैं दिखा देता हूं आपको यहां पे आप देखिए ओन अप लिखा हुआ है पानी का जब लीवर खींचेंगे तो ओन होगा मतलब पानी चालू होगा और यह ड्राम का लिफ्टिंग काम तो करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे यहाँ पे दो बटन है ये ड्राम स्टॉप लिखा हुआ है और ये रेड वाला इंजन स्टॉप लिखा हुआ है इसको दबा देते तो इंजन बंद हो जाएगा इसको दबा करते तो ये ड्राम जो घूम रहा है ये देख रहे हैं ये बंद हो जाएगा मतलब ये घूमना बंद हो जाएगा ये वाला ड्राम देखिए मैं आपको दबा के तो दिखा देता ये ब्लैक वाला बटन दबा देखिए खड़ा हो गया ना देख सकते और इससे उसको दबाग ये वाला स्वीड आगे की तरफ तो घूमने लगेगा मिक्सिंग करेगा देखिए चालू हो गया इसका एक वीडियो डाला हूँ मैं वो कि ड्राम कन, फास्ट घूमता है उसका वीडियो डाला अगर नहीं देखा है तो देख लेना आपके पास मशीन है तो आप वो, वो डाल सकते हैं बाकी ये सी सी मीटर है इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ नहीं देखा तो देख लेना आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा ठीक है और ये बेस्तरी मशीन है खाली पंखा आता है नीचे देख सकते हैं कि वो चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है वो दुकान से मिल जाता है आराम से हमारा फुट फुटबॉल है उसको सोन पे रख दिया नीचे और नीचे जो डब्बा दिख रहे हैं आपका वो कांच पे पानी फेंकता है जब ये वाला बटन दबाएंगे ये पुश बटन पे ये पानी फेंकता है ठीक है